जब से तुझे है देखा मेरा दिल खो गया जब से तुझे है देखा मेरा दिल खो गया ये था कभी जो अपना ये था कभी जो अपना अब तेरा हो गया कुछ ना री बन के रहना तू गम गमी खुशी तू गम गमी खुशी अब हंस कर सब है सहना जब से तुझे है देखा मेरा मन खुशी से झूमे जब से हुआ दीदार तेरा कुछ पे हुआ है जादू ऐसा तेरी इश्क का तेरे बाहों में मेरी बाह हो एक हो राह हो गई टू तो न कुछ दिन मेरे दिल भाई कुछ दिन मेरे डलबल भाई जन दिल को पर जब से तुझे है देखा मेरा दिल खो गया यही दुआ है रब से दिल भर साध तेरा छोटे कभी छोटे तो छोटे जहां सारा रिश्ता न दिल का टूटे कभी ऐसी बातें न कर दिल जानी ऐसी बातें न कर दिल जानी ऐसी बातों से दिल रो रहा जीना मरना संग संग तेरे जीना मरना संग संग तेरे अपना ये वादा रहा